हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लो में आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में किंग खान की फिल्म पठान का टीज़र लॉन्च हो चुका है जिसकी रिलीज डेट का ऐलान भी एक अलग अंदाज में किया गया है लंबे समय के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान एक बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है जिसका टीजर लॉन्च के बाद से ही ये फिल्म एक बड़े सुर्खियों में बनी हुई है बॉलीवुड के बेताज कहे जाने वाले बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था फैंस उनकी इस मूवी के लिए बेहद एक्साइटेड थे बता दें कि फिल्म जीरो के बाद लंबे समय से शाहरुख खान की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई थी यही वजह है कि एस के फैंस के लिए पठान भी एक बहुत खास होगी फैंस के साथ साथ ये फिल्म शाहरुख के लिए बेहद महत्वपूर्ण है यही वजह है कि इस फिल्म से शाहरुख को भी काफ़ी उम्मीदें हैं अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होगी लंबे समय बाद शाहरुख खान अपने फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं 2 मार्च को शाहरुख खान की फिल्म पठान का टीज़र लॉन्च हो चुका है जिसमें टीजर के साथ ही फिल्म के रिलीज डेट का भी एक अलग अंदाज में ऐलान हो चुका है टीजर लॉन्च के साथ ही रिलीज डेट की जानकारी भी हम आपको बताएंगे पठान फिल्म का टीजर लॉन्च हो चुका है शाहरुख खान ने 2 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके सभी को ये जानकारी दी इस टीजर से लंबे समय बाद लौटे फिल्म से जुड़ी कई जानकारियां भी लोगों के सामने आ रही हैं जिसके बारे में फिल्म का एक्साइटमेंट और भी बढ़ रहा है अनोखे अंदाज में इसका टीजर लॉन्च हुआ पठान के इस टीजर वीडियो में पठान बने शाहरुख के अलावा एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्ट्रेस जोन अब्राहम भी नजर आ रहे हैं टीजर में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम दोनों ही पठान के किरदार में बात करते नजर आ रहे हैं बता दें कि शाहरुख की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें शाहरुख खान का जासूस के अवतार पर नज़र आएंगे। टीजर के साथ शाहरुख ने बहुत बातें अपने फैंस के लिए कही हैं अपने इस टीजर के साथ शेयर करते हुए शाहरुख ने कैप्शन में लिखा कि मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा लेट है लेकिन डेट याद रखना पठान का समय शुरू होता है अब पच्चीस जनवरी दो को सिनेमा घरों में मिलते हैं जिस सुनकर रहे हुए हैं, जिनकी संख्या इस खबर के साथ और भी तेजी से बढ़ रही है, कुछ है की माने तो पठान फिल्म का दो सौ करोड़ रुपए है वैसे तो इससे पहले भी शाहरुख की कई बिग बजट फिल्म आ चुकी है मगर इसका एक्साइटमेंट लेवल अन्य फिल्मों फिल्मों में शाहरुख खान के अलावा कुछ सितारे और नजर आएंगे शाहरुख के अलावा फिल्म में जॉन अब्राहम और दीपिका पादू नजर आने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म में सलमान खान का भी स्पेशल कैमियो देखने को मिलने वाला है शाहरुख और सलमान के इस कैमियो को लेकर इस फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है हालांकि फिल्म को देखने के लिए शाहरुख के फैंस को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा बता दें कि आपको पच्चीस जनवरी दो को बड़े पर्दे पर आएगी और तो आज की वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेलाइकन का ऑप्शन और उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोट फिकेशन सबसे पहले मिली धन्यवाद जय हिंद जय भारत चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत